तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट ये दो कार्ड के बारे में आज हम जानकारी लेंगे दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी कंफ्यूजन है कि ये दोनों कार्ड किस प्रकार से काम करते हैं जैसे आयुष्मान कार्ड के बारे में तो काफ़ी सारे लोगों को जानकारी होगी दोस्तों की ये एक हेल्थ आई कार्ड है जिसमें पाँच लाख का इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार को मिलता है इसमें इलाज के दौरान किसी प्रकार का अमाउंट नहीं लगता है इलाज फ्री मिलता है दोस्तों है न बट कार्ड के बारे में लोगों को जानकारियां नहीं है इसमें कंफ्यूजन लोगों को बना हुआ है कि क्या इसमें भी इलाज फ्री मिलता है क्या और इसके बाकी क्या बेनिफिट्स हैं दोस्तों तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे कि आभा कार्ड के बारे में आपको और कौन कौन से बेनिफिट हैं जो मिल जाते हैं चलिए दोस्तों पूर्ण लाभ यह है कि आपकी स्वास्थ्य संबंधी जांच या जो डायग्नोस इस कार्ड में आप सुरक्षित रख सकते हैं जैसा कि दोस्तों आप यदि किसी हॉस्पिटल में जांच कराते हैं तो आपका पैसा और समय दोनों ही खर्च होता है और यदि आप किसी कारण से दूसरे हॉस्पिटल या दूसरे स्टेट के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ आपसे फिर से जाँच कराने के लिए बोला जाता है दोस्तों यदि आपसे जाँच के डायग्नोस की जो जाँचें हैं वो अगर किसी कारणवश खो जाती हैं तो यह प्रक्रिया आपको पुनः अपनानी पड़ती है इसी प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की जांचें पूरी खो गई हैं तो फिर से उसको पुरानी जांचें करानी पड़ेंगी जिससे उसका समय और पैसा दोनों खर्च होगा दोस्तों और इस सिचुएशन में यह आपका कार्ड इस सिचुएशन में दोस्तों यह कार्ड आपका महत्वपूर्ण साबित होगा इस सिचुएशन में दोस्तों यह कार्ड आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा इसमें आप स्वयं ही अपनी सारी जांचों को सेव कर सकते हैं दोस्तों और अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और आपके पास यदि आयुष्मान कार्ड है तो ऑटोमेटिक ही जो भी जांचें आपकी हुई हैं दोस्तों वो इसमें सेव हो जाएंगी दोस्तों मैं वैसे आपके लिए एक से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको ये कार्ड कैसे बनाना है और इसमें अपनी डायग्नोस या जांचें जो भी हैं आपकी हेल्थ संबंधी वो आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इस कार्ड का एक महत्वपूर्ण कारण लाभ ये भी है दोस्तों इस कार्ड का एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी है दोस्तों की आपकी जो हिस्ट्री है स्वास्थ्य संबंधी वह इसमें सुरक्षित रहती है जिससे कि आप यदि किसी कारणवश एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तो तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ये जानकारी लग जाती है कि उनका पुराना इलाज क्या चल रहा था और आगे ट्रीटमेंट कैसे बढ़ाना है दोस्तों इस कार्ड का तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि आप इस कार्ड के माध्यम से टेलीमेडिसिन के माध्यम से आप दोस्तों दूर दराज या गाँव क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको इस कार्ड का एक विशेष लाभ होगा जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज के टाइम पर प्रत्येक गाँव में ऑनलाइन सेंटर खुल चुके हैं जिसके माध्यम से आप गांव में रहते हुए ही शहरी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं तो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाना है दोस्तों और वहां पर आपको अपना ये हेल्थ आईडी कार्ड दिखाना है जिससे कि वो आपका एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करेगा एक नॉमिनल फीस रहेगी दोस्तों जिससे कि आप शहरी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके अपने स्वास्थ्य संबंधी जाँचें और तकलीफ़ बता करके स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ले सकते हैं जिस प्रकार दोस्तों आम नागरिक का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर आपको मिलता है उसी प्रकार दोस्तों डॉक्टरों को भी अपना हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी बनानी होती है इन दोनों के माध्यम से ही एक ग्रामीण व्यक्ति को या दूर दराज रहने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लेने की सुविधा प्राप्त होती है और दोस्तों इस कार्ड का एक विशेष लाभ यह भी है कि आप इस कार्ड के माध्यम से अपने आयुष्मान भारत कार्ड जो आपके पास हेल्थ गोल्डन कार्ड है उसमें जो भी आपका हॉस्पिटल में खर्च हुआ है उसकी जानकारी भी आप इस कार्ड के माध्यम से आयुष आभा कार्ड के माध्यम से लगा सकते हैं आयुष्मान कार्ड में जो भी खर्च हुआ है वह आप आभा कार्ड के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि आपका हॉस्पिटल में कितना खर्च हुआ जिससे एक ट्रांसपरेंसी पारदर्शिता बनती है दोस्तों कि ऐसा तो नहीं कि किसी हॉस्पिटल ने या किसी डॉक्टर्स ने आपके साथ किसी प्रकार का भी धोखाधड़ी की हो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एक डिजिटल मिशन है यह भारत सरकार की दूरदर्शी परियोजना है यह भारत सरकार का एक हेल्थ केयर इकोनॉमिक सिस्टम और एवं स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की एक महत्वपूर्ण पहल है दोस्तों यह स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति ए के मारबंधन नीति ए के मार्गदर्शन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों तो दोस्तों आशा करता हूँ आभा कार्ड के बारे में आपको काफ़ी जानकारियाँ मिल गई होंगी तो दोस्तों कार्ड किस प्रकार से बनाना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा जिसके लिए तो दोस्तों आशा करते हैं कि आवा कार्ड के विषय में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होंगी कि ये कार्ड क्यों आवश्यक है और इसको क्यों बनाना ज़रूरी है दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार